इसका पूरी पूरी अल्फरंगी करो इसके बनाओ वीडियो पेजो ले रखा गए पोस्टर बनवाए हम इसके बेश किसने बोला तेरे को वीडियो बनाने के लिए अपॉलो ही लेकर मेरे को दे दे देखेंडेंड बोर्ड बनेगी तेरे को सस्पेंड करेंगे आज ही कम सर के पास भेज दे तेरे को क्यों प्लीज मारो एक तरफ फिर कंप्लेन करते है कि बोर्ड थपड़े मारने को बोलती है कितना गंदा कम किनौरा कम कर लिया तुम इनकी क्या इज्जत तो नहीं है किसी की फिर क्यों करती किसने पर करती है तेरा बहुत बुरा हाल कर देंगे बाहर किसने बोला इधर को बनाने के लिए किसने बोला वहा डी एस में तेरे मुंह से सब कुछ बुलवा लेना उन्होंने कौन लड़का है वो कहा है वो तो अब तू कौन है, रही है।, है वो? लड़का वो क्यों भेजती है उसको इनकी, इनकी वीडियो बना के क्यों भेजती है वहां तेरा पुरुष में कैसे है? तो बिल्कुल इसके इंस्टीडेंट बोर्ड बना क्यों पर पुलिस क्यों शुरू कर रही है तुम क्या पता तुम कब कब कब कर रही है सब का? कब से रही है है है सब सब से बना इनकी वीडियो सब मेरे को बोल बोल दे दे पे बैठ के कौन लड़का वो क्या लगता है तेरा कुछ नहीं लगता तो तो जानता वो तेरे साथ पढ़ता था स्कूल में इधर को कैसे जानता। तो उसको। तेरे साथ अगर उसका कॉन्टेक्ट है तभी तो उसको तो वीडियो भेज रही है फिर तू तो वीडियो उसको कैसे भेज रही कैसे वो बात करता है वो कौन है कोई बात नहीं तो अपने पता